नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल गाइड में मैं आज आप लोगों के लिए होम मेल फिजियोथेरेपी की एक वैकेंसी लेके आया हूँ जो सऊदी अरब के लिए है जो बच्चे इसमें BPT या DPT चाहे डिप्लोमा इन फिजियो फिजियोथेरेपी की हों या बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की हों और दोनों लोग कर सकते हैं आवेदन इस जॉब के लिए सैलरी जो आपकी रहेगी दो हज़ार रुपये रहेगी दो हज़ार एसआर आर का मतलब होता है कि जैसे वहाँ पे वहाँ का एक रुपये इंडिया में ट्वेंटी रुपीज़ ठीक है अपने अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं इसके लिए कोई स्पेशल सऊदी के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं प्रोमेट्रिक्स उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और ये अच्छे लोकेसन पर है इस ऑफ़िस के बारे में मैं जानता भी हूँ ठीक है और इस जॉब के रिलेटेड अगर कोई इंक्वायरी हो तो आप मेरे को कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरा नंबर डिस्क्रिपन बॉक्स में दिया गया है और आप लोग तो यहाँ जोड़ के निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें धन्यवाद